बहुत खास बात करना चाहता हूं आपसे और ये खास बात कर रहा हूं गोवा के बीच से आज करीब करीब नौ महीने के होम क्वारंटीन के बाद खुली हवा में सांस ले रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है सोचा आपसे कुछ बात करूं और आज का जो विषय है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि सपनों का पीछा करें हालांकि बहुत पुराना विषय है लेकिन खतरनाक विषय है कि चेज योर ड्रीम्स सपनों का पीछा करें चाहे कुछ भी हो जाए सपनों का पीछा करें सपनों का पीछा करने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों सपनों का पीछा करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है सपने देखने पड़ते हैं क्योंकि पीछा उसी चीज का करेंगे जो चीज दिखाई देगी नहीं तो टेंपल रन की तरह दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे तो दौड़ तो सब रहे हैं पहुंच को नहीं रहा तो सपनों का पीछा करें सपनों का पीछा करने से पहले सपने देखना शुरू अब जब आप सपनों का पीछा करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी लोगों के उपहास की। जिससे कर, जिससे जिससे डरकर परेशान होकर घबराकर लोग सपनों को बीच पानी ही पानी है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता दू की इसी समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज उतरते हैं कोई भी समुन्द्र का पानी किसी जहाज को कभी डुबो नहीं सकता अगर समुद्र का जहाज उस पानी को अपने अंदर ना आने दे। कितना हजारों लीटर पानी हो गैलन पानी हो किसी भी जहाज को डुबोता नहीं है अगर पानी उसके अंदर ना जाए तो दुनिया की कोई ऑब्स्टेकल दुनिया, दुनिया की कोई परेशानी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है, अगर आप उसको अपने दिमाग के अंदर नहीं जाने देते और पीछा करते रहते हैं सपनों का बीस साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया सेल्स एंड मार्केटिंग से सब मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से और 20 साल का करियर में तो स्कूटर से अपना करियर शुरू करके वो करियर आज मर्सिडीज एस क्लास पे पहुंच गया तो मैं सपनों के पीछे बहुत तेज दौड़ा कभी गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा और इस प्रयास के अंदर लोग आपके लिए खड्डा भी खोदते हैं इस प्रयास के अंदर लोग आपको ताना भी देते हैं तुमसे नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगे तुम्हारे मतलब का काम नहीं है ऐसे ऐसे डायलॉग आपको सुनने के मिलेंगे लेकिन चिंता मत करिए सपनों का पीछा करते रहिए और अगर मैं सपनों का पीछा करते करते एक नॉर्मल स्कूटर से एस क्लास मर्सडीज तक पहुंच सकता हूँ आप क्यों नहीं पहुंच सकते सपनों का पीछा करिए उससे पहले सपने देखना शुरू करिए चाहे कुछ भी हो जाए सपनों का पीछा करते रहिए ये चीज आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी दुनिया से अलग कर देगी मेरी शुभकामनाएं खुली हवा है बहुत खुशनुमा माहौल है तो सोचा आपसे छोटा सा चिट चैट कभी आ, मौका मिलेगा तो बहुत जल्दी जिंदगी में लाइव आमने सामने थैंक यू सो मच सपनों का पीछा करिए गॉड बेस्ट